हम, के लिए हम रोते हैं, वो किसी सियार की बाहों में सोते हैं, हम गलियों में भटकते फिरते हैं वो समंदर किनारों पे होते हैं। jo ke liye roote hain wo kis yaar ke baahon फिलहाल के तेरा हो जाओ और किसी